के मैं प्रवेश प्रभारी हरीश चंद्र यादव पहले तो आप लोगों को प्रसाद गुरु प्रशोषण में स्वागत करता हूँ ये जो है कॉलेज है ये उच्च तकनीकी शिक्षा मतलब आप कह सकते हैं निम्नमत शिक्षा स्तर से उच्च तकनीकी शिक्षा जैसे एलकेजी से इंटरनेशनल स्कूल हमारा है जो हमारे इसके संस्थापक जी इंजीनियर बी यादव जी हैं उनका एक एम था उद्देश्य था कि क्यों न हमारे इस जौनपुर हब में बच्चों को पूरी शिक्षा दी जाए जैसे बच्चे हमारे ही कॉलेज स्कूल से पढ़ाई करने के बाद बीटेक, बी फॉर्म, डी फॉर्म पॉलिटेक्निक्स एमबीए इस सब सारी तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सके अब उनका तो एक भी एक एम ऐसा भी है कि हम बच्चों को इंजीनियर के साथ साथ डॉक्टरी भी बनाया बनाया जा सके तो उनका एक एम था कि इस जौनपुर में खोलने का लेकिन जगह पूरा न होने की वजह से उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज को लखनऊ में संस्थापित किया है अब वहां पर एमबीबीएस एमडी बी एस के कोर्सेस चलते हैं आप आपके भी वर्तमान सत्र में कौन कौन से कोर्सेज के एडमिशन लेते हैं इस समय तो आपका पॉलिटेक्निक हो गया पॉलिटेक्निक में हमारे सात ब्रांचेज हैं जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड सिविल इंजीनियरिंग ये तो पॉलिटेक्निक के कोर्सेज हैं जिसमें ये ब्रांचों का जो मैंने नाम बताया आपको इसके साथ साथ डी फार्मा बी फार्मा और एम और बी टेक।, बी टेक में भी हमारे तीन स्ट्रीम्स हैं जैसे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमबीए में हमारे पास पांच ब्रांचेज हैं जैसे, है जैसे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल बिजनेस एंड लास्ट वन आपका फाइनेंस बिल्कुल हॉस्टल की सुविधा है हॉस्टल है सब कुछ है हॉस्टल की सुविधा हमारे यहाँ पर कम से कम 200 बच्चों की व्यवस्था की गई है 200 बच्चे हमारे यहाँ पर हॉस्टल में स्टे कर सकते हैं और छात्राओं को, छात्र को पढ़ाई, पढ़ाई के साथ साथ उनका मार्गदर्शन इस प्रकार किया जाता है जैसे बहुत सारे कंपनी एक्सपर्ट हम आ, उनको ट्रेनिंग देते हैं पर्सनलिटी डेवलपमेंट कराते हैं उनके साथ साथ उनको हम इंडस्ट्रियल में ट्रेनिंग कराते हैं ट्रेनिंग के बाद फिर बच्चों का सिलेक्शन कंपनी लेके जाती है